कहाँ हो रहा है ये सब ऊपर बैठा है सीधा हेड पे लग रही है हम जा रहे हैं हमको करना होगा नहीं हो गया अच्छा है बाल हमने भी जाते हैं ये तो है हम जा रहे हैं वो आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है आ रहा है तुम A. No. No. just one minute to die just one minute to die Oh, when cha नहीं ले आना है तुमको ना तुम्हारे उसमें पैसा लग रहा है जितनी चला पाओ मार करो अभी कितने हैं बाकी लेकिन अब तुम तो थोड़ी ना कोई बचा पाएगा हाँ हाँ देखा दिखा दिखा दिखा दिखा, दिखा। दे जाँ, दे जाँ, दे जाँ। हाँ तो देखो